तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे सीपीयू निकल रहा है सीपीयू निकलने का रीजन मैं यहाँ आप पे आपको बता रहा हूँ कि ये फोन लो वोटिंग पे था जब आपने एमपेयर पे लिया था तो उसमें एमपेयर एक दो कंज्यूम कर रहा था तो इसका मैंने जब डायग्नोस किया तो सीपीयू से प्रॉब्लम था तो सीपीयू इसके हम निकाल रहे हैं और निकालने का पूरा प्रोसेस है आप ये डेट सेक्शन में ले रहा हूँ बाकी आप ये मत कमेंट करना कि अरे आपने डायरेक्ट सीपीयू निकाल दिया है आप ये भी वीडियो देख सकते हो कि सीपीयू को हम कैसे निकालते हैं कैसे लगाते हैं एक लगाने का प्रोसीजर भी आप देख सकते हो बट फाइंड ये था कि ये फोन लो बूटिंग में था जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा रेडमी का वाई वन मॉडल है और इसकी सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस तो अभी यह क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है उससे पहले हमारा जो था हमने सीपीयू को निकाला हुआ है उसके बाद ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है ये हमारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ये लाइव कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेक वीडियो है आप वीडियो में जो भी था डेट हमने मेंशन किया हुआ है बाकी आप इसको वीडियो को ये भी देख सकते हो कि इसमें हम कैसे सीपीयू को क्लीन करते हैं कैसे सीपीयू निकालते हैं ये सारा प्रोसीजर आप देख सकते हो तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि ये कोई भी एडिट विडियो नहीं है ये लाइव प्रैक्टिकल है क्यूँकी इसमें लो वोटिंग का प्रॉब्लम था और लो वोटिंग आपको पता ही है की कहा से हो सकता है अगर नहीं पता है तो आप जैसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते ठीक है तो चलिए अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा क्लीनिंग का ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से क्लीन सरफेस हो चुका है अब सरफेस अब क्लीन हो गया है तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आईसी को रिवॉल्व करेंगे को रिबॉल करने के बाद फिर उसको लगाएंगे। तो देखिये स्टेंसर लिया कवर किया पीपीटी अप्लाई किया और उसके बाद इसको रिवॉल्व कर रहा है रिवोल्विंग के टाइम पे भी आपको सारी चीजें ध्यान देनी होती है कितना हेट कितना एयर और कितना क्या पीपीटी डालना होता है सारा चीज तो ये हमारा प्रोसेस रिवोल्विंग का चल रहा है पहले निकला उसके बाद क्लीनिंग उसके बाद रिबोलिंग अब इसको लगाने की बारी है फ्रेंड तो इसको लगाते हैं तो हमने यहाँ पे क्लीनिंग कर लिया था और रिवॉल्व कर लिया था अब इसको हम लगाएंगे तो हल्का सा पेस्ट डाल के पहले आप हिट कर ले ये हमारे स्टूडेंट है मैं आपको फिर से रिमांड कर रहा हूँ ये हमारे स्टूडेंट का आउटपुट है और ये स्टूडेंट कर रहे हैं लाइव प्रैक्टिकल की क्लास में तो बीपीटी थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई किया उसके बाद अब यहाँ पे सीपीयू को लगाएंगे सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है थोड़ा सा पेस्ट डाल के हिट किया जा रहा है उसके बाद हमारा क्लीनिंग हो चुका था क्लीनिंग के बाद हमारा आप देख सकते हैं कि, है कि नहीं होता है, स्टेप देड, देड को अगर आपको करना है तो प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना होता है क्योंकि कोई भी डेड को शुरू से लास्ट तक डिफाइंड नहीं कर सकता है उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पे अभी हिट करेंगे अभी फिक्स कर रहे हैं सीपीयू को CP को फिक्स करने के बाद हिट देंगे चारों तरफ पहले आप कभी भी स्टे हिट दें उसके बाद फिर अपने हाथ को मूवमेंट करें अभी स्टे हिट देंगे स्टे देने के बाद फिर आपको देखिए अभी आपको दस सेकंड तक स्टे हिट देना है उसके बाद आपको मूवमेंट करना है तो इससे क्या होता है कि हमारी आईसी अगर ज्यादा बेस्ट होने के कारण अगर आईसी आपकी भक्ति है तो तुरंत आप इस को रिमूव कर सकते हैं चलिए अभी देखिए मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद हमेशा एक फाइनल टच दें जिससे हमारा ये पता चलेगा कि आईसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ तो बस हो जाएगा ये आपके सामने लाइव कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट पे में फाइनल में देखिएगा ये फोन ऑन होता है कि नहीं होता है ये वही फोन है जो हम आपको प्रैक्टिकल तौर से दिखा रहे है अब उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट डाला है और पेस्ट डालने के बाद फिर से वही प्रोसेस और लास्ट में फाइनल टच देंगे साइड में पेस्ट आप उसको अप्लाई करेंगे उसके बाद उसमें थोड़ा सा फाइनल टच करेंगे अगर आप एक बार में ही पेस्ट अप्लाई कर देते हैं तो दोबारा पेस्ट डालने की जरूरत नहीं है अगर नीचे से आपको लग रहा है कि सर्फेस से पेस्ट बाहर आ रहा है तो हमारा पेस्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि नीचे से पेस्ट बाहर नहीं आ रहा है तो आप पेस्ट को अप्लाई कर सकते हो चलिए उसके बाद फाइनल टच देंगे फाइनल टच देने के बाद फोन को ऑन करेंगे ये देखिए ये फाइनल टच है कि आप हमेशा शायद दिख बट यहाँ पे हल्का सा आईसी मूव करनी चाहिए और अपनी जगह में वापस आनी चाहिए फाइनल टच से ये पता चलता है कि हमारे सारे बॉल एक दूसरे से मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए ठीक है अब उसके बाद फोन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फोन को हम लगा रहे हैं फोन और डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली देखेंगे कि हमारा फोन ये ऑन होता है कि नहीं होता है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें तो ये फोन आप देखेंगे अभी प्रॉपर तरीके से हमारा ये ऑन हो चुका है एम का लोगो आ गए थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में